अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्रेप्लेट होते हैं तो हमको सिल्वर प्ले बटन मिलता है और वन मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो गोल्डन प्ले बटन प्ले और जब किसी के चैनल पे टेन मिलियन सब्सक्राइबर का कम्पलीट होता है तो उसको डायमंड प्ले बटन मिलता है क्या आपको मालूम है कि जब किसी के चैनल पर हंड्रेड मिलियन सब्सक्राइब कौन सा प्ले बटन मिलता है तो उसको मिलता है प्ले बटन जो कि खाली इंडिया में सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं एक है टी सीरीज और दूसरा है सेट इंडिया जी हाँ सेट इंडिया इन्होंने 100 में सब्सक्राइबर कंप्लीट किए।